डिंडोरी में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां बस चालक की लापरवाही के चलते यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें 20 यात्री घायल हो गए वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है श्यवपुरा में मुड़की डैम के पास एक बस हादसा हो गया जिसमे बस चालक की लापरवाही सामने आई है हादसे में बीस लोग घायल है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जानकारी के अनुसार स्लोग बस जमगांव से की ओर आ रही थी घायलों का कहना है कि बस चालक बस चलाते समय मोबाइल पर बात करने लगा बस अचानक अनियंत्रित हो गई और बस चालक की लापरवाही के चलते बस खाई में जा गिरी हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार शुरू हो गई जिस, जिसके बाद ग्रामीणों ने सवार को बस से निकालने के लिए रेस्क्यू किया और सभी घायलों को एक व वा प्राइवेट वाहनों की मदद ऐसी जिला चिकित्सालय पहुंचा भर्ती कराया गया जहां घायल होकर इलाज जारी है वहीं घटना की जांच शेहपुरा पुलिस द्वारा की जा रही है बस ये से डेम बना हुआ के पास ये गाड़ी में ड्राइवर जो रहा मोबाइल से बात कर रहा था और सीधे खाई गिरा दिया ये गाड़ी लगभग करीब सीरियस जो करीब होंगे पाँच छः करीब होंगे बाकी बाकी सभी लोग घायल है हाँ बस पलटी है जिसमे से लगभग 20 से 22 लोग यहां पर आए हुए हैं कैजुअलिटी में आए हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है हालांकि हालाँकिस है लेकिन उसको अंदर से काफी गहरी घाव है जिसको मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर करना पड़ेगा बाकी तो की स्थिति अभी स्टेबल है और उनका इलाज अभी निरतर जारी है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज